हेलो दोस्तों मैं आरिफ खान फ़ॉरेक्स ग्लोबल ट्रेडिंग से आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत प्राइस एक्शन का बात करेंगे आज प्राइस एक्शन के पैटर्न की बात करेंगे जो पैटर्न आप लोग शायद मार्केट में लोग प्राइस एक्शन के सारे पैटर्न पढ़ा रहे हैं और एक ही वीडियो में तो सारी चीजें नहीं कवर कर सकते हम पार्ट वाइज वीडियो बनाते रहेंगे और सारे जो है प्राइज एक्शन के जितने भी पैटर्न है सारे पैटर्न कवर करेंगे आज स्टार्ट करते हैं डबल टॉप डबल बॉटम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इस तरह के जितने पैटर्न होते हैं या पुलिस फ्लैग पैटर्न है बैरिश फ्लैग पैटर्न पैटर्न है ट्रायंगल ट्रायंगल है है इस तरह के जितने पैटर्न बनते हैं मार्केट में उस तो पर कब और कैसे काम करना चाहिए सारी चीजें एक्सप्लेन ठीक है और काफी दिन से वीडियो भी नहीं आई तो आप लोग भी इंतजार कर रहे थे अच्छा वीकली एनालिस वाली जो हमारी वीकली जो हमें स्टडी करते थे वो वीडियो इसलिए उसमें नहीं बना रहे थे की आप लोगों को सपोर्टिस्टेंस हमने दिया की कैसे लगाया जाता है या कैसे सपोर्टिस्टेंस पे काम किया जाता है इस चीज को आपको समझाया हमने उसका रिजल्ट क्या है अब ये आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा कि जो इतने भी पिछली हमने वीडियो दी है उसका क्या रिजल्ट आपको आ रहा है क्या नहीं अच्छा बुरा जो भी आ रहा हो कोई इश्यू नहीं है गलती सभी से होती है ऐसा नहीं है कि एक बार हमने वीडियो बना दिया तो आप भी हमारी तरह जो है सपोर्ट लगाने लगेंगे फिलहाल अब आगे से सपोर्टेशते हैं पहले आपको बताते हैं किस तरीके से यूज किया जाता है पैटर्न का सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे डबल टॉप डबल बॉटम फिर लो मारती है और लो तकरीबन इसका ना, मतलब मान के चलिए नाइनटी परसेंट के करीब मार्केट का ये नीचे आता उसके बाद ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा सॉरी ये हेड एंड शोल्डर का हम बता रहे हैं डबल बॉटम uh, का चलिए बाद में इसके बाद बता देंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहाँ से मार्केट ये इस तरीके से नीचे आती है अच्छा हेड एंड शोल्डर सब ने बताया होगा और कहीं भी उसको यूज़ करना भी बहुत लोगों ने मार्केट में बताया है पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये वाला पोर्शन जो है ये मिनिमम मान के चलिए एट्टी से नाइन्टी की गिरावट आनी चाहिए मतलब एकदम इसके बॉटम के करीब में आना चाहिए तब रिवर्स होता है और उसके बाद इसका रेजिस्टेंस लेता है इस वाले पार्ट का ये जो इसका जो है शोल्डर होता है इस शोल्डर का ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और मार्केट गिरती है तब परफेक्ट हेड है, एंड शोल्डर पैटर्न उसको मान सकते हैं यहां पे भी आपको सेलिंग का मौका मिल सकता है पर यहां पे आके मार्केट रुकेगी थोड़ा सा क्योंकि ये सपोर्ट होता है बार बार मार्केट इसको सपोर्ट ले रही है ठीक है दो बार सपोर्ट लेती है तीसरी बार भी यहाँ रुक सकती है मार्केट तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसका रेजिस्टेंस लेना भी ज़रूरी है ठीक और इसका 90 परसेंट मतलब 100 परसेंट या 90 परसेंट इसको टच करना भी ज़रूरी है और सबसे अच्छा इसका ट्रेड होता है परफेक्ट ट्रेड कि ये आएगा ब्रेक करेगा नीचे जाएगी वापस रेट ऐसा आएगा बगैर रेटेज़ किए वो यहाँ पे कोई बता देता है ब्रेकआउट पे ये ब्रेकआउट नहीं है यहाँ से मार्केट पुल बैक ऊपर भी जा सकती है ठीक है ब्रेकआउट ये होता है नीचे आके क्लोजिंग होना क्लोजिंग होने के बाद पुल बैक इसके बाद जब ये अपने जो सपोर्ट था उसको रजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगी और नीचे की तरफ आएगी तब ये परफेक्ट हैड एंड शोल्डर पैटर्न माना जाता है ठीक है तब यहाँ पर आपकी सेलिंग होती है और बड़ा टारगेट देखने को मिलता है चलिए हेड एंड शोल्डर हो गया अब इसको उल्टा कर लेते हैं ये चीज़ टॉप पे काम बाय ट्रेंड में चलेगी डाउन ट्रेंड में ये इसी तरीके से काम करेगा मार्केट डाउन आएगी ठीक उसके बाद ये फिर आएगा इसी के करीब में फिर वापस वही सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इसको हम लोग की लैंग्वेज में देसी लैंग्वेज में इसको क्या कह सकते हैं ठीक देसी लैंग्वेज में इसको कह देंगे कि उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसी को जो ऊपर चल रहा था उसी को आप पलट लिए नीचे की तरफ इसमें भी आपका ये वाला जो पार्ट होता है इसका रजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा ये सपोर्ट बनाएगा इसको सपोर्ट बना के मार्केट उठेगी और ये वाला पोर्शन आपका तकरीबन हंड्रेड परसेंट नाइन्टी परसेंट होना चाहिए नहीं तो काम नहीं करेगा अगर ये मार्केट बीस से रिवर्स हो रही है तो काम नहीं करेगी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ठीक है सेम वही चीज़ मार्केट रिटेस करे हमें इसका वेट करना है जब रिटेस पर मिलेगी तभी हमें ट्रेड करना है एक ट्रेड आप यहां पे बना सकते हैं अगर इस रेजिस्टेंस से कैंडलस्टिक मिल रही है रिवर्स हो रहा है तो एक ट्रेड आपका ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा यहां के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना जो लोग बताते हैं इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना इससे बचना है ठीक अब ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका कंप्लीट अब आते हैं डबल टॉप डबल बॉटम मार्केट जब आप ट्रेंड में होती है मार्केट एक लो मारती है ठीक वापस एक हाई मारेगी फिर वापस नीचे आएगी फिर यहाँ का ये रेटेस लेगी और इस तरह से नीचे की तरफ चलती है। अच्छा इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है इस चीज़ को देखिएगा। जब तक इस हाई को नहीं काटता यहाँ पे आपकी जो कैंडल स्टिक होगी एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए ये एक हैमर बना हुआ हैमर बना लिए या चलिए ले लेते हैं सिंगल फिंग मान लिए आपकी ये कैंडल स्टिक बनी है ये इसकी विग है छोटी छोटी छोटी या बड़ी जो भी हो विग ठीक है जो दूसरी इसका जो विग होगा इसका हाई कटना चाहिए जब इसका हाई कट के यहाँ पे कैंडल स्टिक बनती है ठीक है बैरिश कैंडल या हैमर कुछ भी रिजेक्शन आ जाए ये बैरिशी कैंडल मान के चलिए यहाँ पे बन गई ठीक है इसका हाई कटना चाहिए हाई कटे कटने के बाद फेल हो जाए ये नहीं है कि इसके नीचे से अगर मार्केट लौट रही है उसको इतना काम वो नहीं करता जब हाई काट के मार्केट नीचे की तरफ आती तो बहुत अच्छा काम करता तो यहाँ पे आप सिंगल कैंडल स्टिक का एक रिस्क ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी बारिश अच्छी कैंडल स्टिक बन रही है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो चीज़ें क्लियर की हैं कि कैंडल स्टिक किस तरीके से देखना है उस अकॉर्डिंग अगर यहाँ सेलिंग मिल रही है तो आप सेल कर सकते हैं और दूसरी सेलिंग आपकी होगी कि जब ये इसके नीचे ब्रेकआउट आ जाए ये क्लोज हो जाए क्लोजिंग के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी और इस पॉइंट को रिटेस्ट करेगी रेटेस्ट करेगी तब यहाँ पे सेलिंग आएगी अब एक पॉइंट सेलिंग का आपका ये हो गया दूसरा ये हो गया चलिए इसी को पलट लेते हैं फिर से इसको पलटते हैं और देखते हैं डबल बॉटम कैसे बनता है मार्केट का डाउन ट्रेंड एक बॉटम बनाया मार्केट ऊपर गई थोड़ा सा फिर वापस आई इस बॉटम को हल्का सा काटा ठीक है फिर ऊपर वापस रिटेस और हो सकता है दस बार में सात बार ही आपको रिटेस करने को मिले पर वो सात ही ट्रेड आपको करना है ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड में आपको मिल जाए पेशेंस रखना है जब तक रिटेस्ट नहीं करता कैंडल नहीं मिलती छोड़ दिए ट्रेड नहीं करिए यहाँ भी इसका सपोर्ट ले और इसका लो कटे वही सेम जैसे ऊपर बताया कि इस कैंडल स्टिक जो भी यहाँ पे कैंडल स्टिक बनी हो ठीक है उसका जो विक होगा उसका विक का लो काटे ये लो काटेगी इसको डबल बॉटम तभी हम मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे लो काटने के बाद यहाँ पे हैमर बन जाती है, हैमर या कोई भी कैंडल स्टिक आठ दस जितनी भी आपको याद हो उसमें से जो भी कैंडल मिल जाए तब हम यहाँ पर एक सिंगल कैंडल स्टिक के भी पे ट्रेड ले सकते हैं रिजेक्शन चाहिए कि आके क्लोज हो जाए ऊपर इसको काटे और क्लोजिंग आ जाए फर्स्ट ये आपकी एंट्री हो सकती है एक टारगेट मिल सकता है ये वाला और वापस जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगी तब आपको दूसरा टारगेट ये वाला मिल सकता है। ठीक अब आपकी दो चीज़ें क्लियर हुई हैड एंड शोल्डर पैटर्न और आपका डबल टॉप डबल बॉटम इसके बाद चलते हैं फ्लैग पैटर्न पे। फ्लैग पैटर्न ले लेते हैं फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं बुलिस चैनल बैरिस चैनल बहुत सारे सब ने अपने अपने हिसाब से जो समझ में आया नाम दे दिया चलिए पहले आपको बताते हैं बुलिस चैनल के बारे में बुलिस चैनल मान लीजिएगा चाहे उसको फ्लैग मान लीजिएगा ये हायर ही चल रहा है ठीक है मार्केट ने एक हाई बनाया मार्केट कैंसॉलिडेट हुई ठीक है मार्केट जब कंसॉलिडेट होती है इस तरीके से कंसॉलिडेट होगी तो अब ये तो रेंज बाउंड एरिया है तो इसमें ट्रेड हमें नहीं करना है अब इसको आप फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं ठीक है सबके अपने अपने नाम है और या आप इसको बुलिश चैनल भी कह सकते हैं अब ये बुलिश चैनल इसको जब ब्रेक करके मार्केट ये रिटेस करेगी तब हम बाइंग के लिए बैठेंगे यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाएंगे यहाँ पे कोई नो ट्रेड जोन है ठीक ट्रेड हम इसमें यहीं पे करेंगे उसके बाद अपना टारगेट उठाएंगे अब इसको बुलिस चैनल कह लिए यही थोड़ा सा सीधा हो जाएगा इसी को थोड़ा सा सीधा कर दिए सीधा बन जाएगा ये तो इसको फ्लैग पैटर्न कह देते हैं ठीक फ्लैग पैटर्न भी इसी तरीके से काम करेगा रिटेस होना ज़रूरी है कंपलसरी अच्छा अब बेरिस चैनल ये आपको बता दिया अब इसका बताते हैं कि बेरिस सिग्नल क्या होता है ट्रेंड के साथ ट्रेंड के ख़िलाफ़ नहीं ट्रेंड पता होना जरूरी है वापस मार्केट ये डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड आएगी उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज। इसको भी आप बेरिस फ्लैग पैटर्न कह लिए ठीक अगर ये थोड़ा सा तिरछा होता है तो इसको बैरिस चैनल कह देते हैं थोड़ा सा ये सीधा हो जाएगा ठीक है नाम रखना में कोई हरज नहीं कोई भी नाम आप अपने हिसाब से नामकरण कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा ये सीधा हो जाएगा तो ये फ्लैग पैटर्न हो जाएगा ठीक है वही जो चीज़ जो रूल ऊपर लागू हो रहा था वही रूल यहाँ पर लागू होता है इसमें भी आपको जो इंट्री लेना है वो यहाँ पर लेना है ये नो एंट्री जोन है यहाँ पे घुसने की जरूरत नहीं है ठीक चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अब रेटेंगल भी कह सकते हैं हम चलिए बुलिस ट्रायंगल बता देते हैं आपको कि बुलिस ट्रायंगल क्या होता है बुलिस ट्रायंगल पैटर्न जो होता है उसमें यह रहता है कि मार्केट मान के चलिए नीचे की तरफ से स्टार्ट हुई ठीक नीचे से चल रही है और यहाँ पर मार्केट इस तरीके से साइडवेज हुई वापस ऊपर रेटेस इसमें आपका थोड़ा सा ये मार्केट छोटी होती चलती है ठीक है ऊपर का टॉप लमसम सेम रहेगा नीचे का इसमें कम हो जाते हैं पैटर्न भी इस भी आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा बहुत लोग लमसम मार्केट में बताने आए हैं इन सब चीज़ों को पर ठीक है काम करता है पर एकसी थोड़ी सी कम होती है इसलिए जब आप जो चीज़ हम बता रहे हैं कि जब रेटेस पे काम करेंगे तो एकसी आपकी बढ़ जाती है यहाँ पे नो ट्रेड जोन है अगर इससे बचेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ठीक है चलिए बाकी आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर करेंगे हम कैंडल स्टिक को किस तरीके से देखना चाहिए एक्चुअल में कैंडल स्टिक कौन सी कैंडल स्टिक काम करती कैंडल स्टिक नाइन्टी परसेंट फेल होती है दस परसेंट काम करती है या कह सकते हैं 95 फाइव परसेंट कैंडल स्टिक फेल होती है 5 परसेंट काम करती वो भी अपनी जो लेबल होते हैं उस लेबल पे, उस लेबल के अलावा कहीं भी कैंडलस्टिक मिलती है फेल होने के अलावा कुछ नहीं है या तो आप ट्रेंड के साथ कैंडलस्टिक देखिए सिंपल वे में आपको हम देते हैं कि ये मान के चलिए ये ट्रेंड चल रहा है आपका ये अप ट्रेंड है ठीक अब अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम दो बॉटम चाहिए होते हैं अब यहाँ पे हमें एक ये मिल जाता है फर्स्ट ये मिल जाता है सेकंड दो बॉटम मिल गए उसके बाद कैंडलस्टिक देखी जाती है अब इसमें अगर इसमें भी जो मार्केट ये चलेगी ये भी इसी तरीके से चलेगी डायरेक्ट नहीं जाएगी तो इसमें जो डिप होता है करेक्शन के बाद यहाँ पे हम सिर्फ बुलिश कैंडल देखेंगे उसके बाद बड़ा करेक्शन आएगा फिर यहाँ से भी जब इस्टार्ट होगी तो ये इस तरीके से ही मार्केट चलेगी तो जो करेक्शन होता है करेक्शन पे सिर्फ बुलिश कैंडल देखना है बैरिश कैंडल नहीं देखना है हमें ये वाली कैंडल नहीं देखना है जो यहाँ पे बैरिश कैंडल बनती है वो फेल होती है यहाँ पे जो बैरिश कैंडल बनेगी वो फेल होगी यही सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में होता है ठीक और साइडवेज के जो पैटर्न बता रहे हैं इस तरह के पैटर्न आपको साइड में मिल जाते हैं चलिए दोस्तों इजाज़त दिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें जिन्हों जो भाई लाइक नहीं करते वो थोड़ा सा लाइक करते हैं क्योंकि अगला वीडियो हम तब लेके आएंगे मिनिमम 500 लाइक कम से कम इस वीडियो पे पड़ेगा तब प्राइज एक्शन के आगे के पैटर्न हम आपको बताएंगे ठीक है दोस्तों बुरा मत मानिएगा बात कभी कभार थोड़ा सी सख्ती से हो जाती है तो ठीक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है ओके भाई And take care and save it.